उपज मंडी लखनऊन की ओर ऐसी सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नगर पंचायत लखनऊन की ओर ऐसी सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।